बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी को छोड़कर के कोई भी सरकार हमारे लिए सेटेबल है लेकिन ये लगता है कि बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं है में खसा नंबर सोलह सौ तिरसठ में 21 बिस्से ज़मीन मेरे नाम है तथा 21 बिस्से मेरी पत्नी के नाम हैं जिसका मौके पर 12 बिस्से रकबा कम था 12 बिस्से रकबा पूरा करने के लिए मैंने डोलबंदी की कार्रवाई की थी डोलबंदी की कार्रवाई में एसडीएम डी ने 2010 में मेरा रकबा पूरा कर दिया था जिसमें 14 मीटर गहराई में तथा पैंसठ मीटर लंबाई में सड़क के किनारे मेरी जमी, मुझे जमीन मुझे ज़मीन दे दी गई थी के बाद धर्मेंद्र भारद्वाज एमआईटी कॉलेज का सचिव उसने मेरे खेत को झुकवा दिया और मेरी खड़ी को भी दिया था दिनांक इक्कीस ग्यारह दो हजार अठारह को मैं कचहरी जा रहा था पुलिस की गाड़ी यहाँ आ गई थी पुलिस वालों ने कहा कि आपको जो पटवारी साहब बुला रहे हैं साहब भी बुला रहे हैं आप अपनी बात बताओ। आप अपनी बात बताओ जमीन के बारे में और मेरा जो है धारा 151 में चालान कर दिया तो मेरा वारंट बना करके मुझे जेल जेल भेज दिया और जो मैं जेल चला गया अगले ही दिन तुरंत यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भेज करके और पूरी जमीन को थी। तीन तीन चार चार गाड़िया लगा करके रातों रात जनरेटर चलवा करके उस पर अवैध रूप ऐसी जो है कब्जा करा दिया और गेट लगा दिया आ, उठा लो लो इनका सब सामान सामान ना कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं करनी इनके उठवा ये भारद्वाज कौन है ये ये इसके सोसाइटी एजुकेशन के सचिव हैं भाजपा नेता हैं पहले बसपा में से अब भाजपा में हैं और इनका एक बहुत बड़ा भू काफ्य गैंग है जो इस तरह से कर रहा है धोखा झड़ी का ही काम करता है उन लोगों को फंसा लेता है कब्जा कर लेता ये भी हमारी है। जो एक जो जाट है विराजा चौधरी वो हमारी ज़मीन में कोई जबरदस्ती रास्ता निकालना चाह रहा है ये जी मिट्टी डाल के इसमें जो है चक्रोड निकाल दे जबरदस्ती अच्छा पटवारी का इसमें पूरा हाथ है आपने पटवारी को बुला के दिखाया पटवारी को बुला के दिखाया पटवारी कह लगा ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं भाई हमारी नहीं है तो हमारी जहाँ है वहाँ दे दो हमने कहा उससे उनके डोलबंदी का दरखास्त दो अपनी एस साहब के यहाँ अपने एस साहब के यहाँ तो डोलबंदी की दरखास्त दी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी चार द्रुण नहीं द्रुण को नहीं को नहीं चार सहेंगे, नहीं नहीं नहीं दलितों को डराया जा रहा है युवाओं को डराया जा रहा है गांव से निकलने आदमी निकल नहीं पा रहे हैं अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और कैसे रख पाए जिसकी जमीन है उसको एक में तीन दिन तक जेल में भेज दिया गया और तीन दिन में ही निर्माणाधीन निर्माण करवा लिया गया बीजेपी जिस तरीके ऐसी उत्पीर्ण दलितों के साथ और गरीबों के साथ ये कर रहे हैं ये नहायती निंदनी है और इसके लिए हम अधिकार पाके रहेंगे और ये जमीन जाहिर सी बात है जमीन तो हम लेके रहेंगे अगर हमारा ज़मीन का तक ये नहीं रुका और ये ढांचा नहीं ढागा तो हम एक मेरठ में एक नया आंदोलन आ रहा है दलित आंदोलन जमीन पर उतर रहा है और आपके सामने टकराने के लिए तैयार है वो हम जमीन पा रहेंगे बीजेपी कुछ माफिया जो पहले से ही मजबूत हैं परिपक्व हैं, समृद्ध हैं वो एक ऐसे -ऐस दलित को पिछड़े को गरीब को दबाने में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आज भी ये सबका साथ सबका विकास नहीं है ये केवल अमीरों की सरकार है और कुछ चंद गुंडों की सरकार मैं वहाँ तक लेटूंगा जहाँ तक दिन निकलता है यदि मेरे जैसा समाज का पढ़ा लिखा आदमी जो तीस साल अट्ठाईस साल तक जो पुलिस में सेवा की जनता की हर चीज को जानता है कानून को भी जानता है और अब भी मैं कानून से ही जुड़ा हुआ हूं, वकील हूं और वहां तक लड़ूंगा जहां तक दिन निकल रहा है पीछा नहीं छोड़ूंगा मर तो सकता हूं, लेकिन पीछे नहीं लड़ूंगा